इस बात में कोई शक नहीं कि रावण एक अद्वितीय बालक था जन्म से ही विलक्षण नन्ही सी उम्र में ही दशानन का साहस उसकी विद्वता और व्यवहार लोगों को हैरान कर देता था होश संभालने से पहले ही उसकी जिज्ञासा परवान चढ़ने लगी थी वो सब कुछ जान लेना चाहता था उसके सपनों का कद उसकी उम्र से कई गुना बड़ा था अपने आत्मज्ञान के बल पर रावण ताकतवर होता जा रहा था उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था वो जो सोच लेता था उसे करके ही दम लेता था उसके ज्ञान के आगे न कोई देवता टिका और न कोई ऋषि मुनि शास्त्र शास्त्र, वेद आयुर्वेद तंत्र भूगोल खगोल विज्ञान सब घोल के पी गया था रावण कहते हैं एक समय ऐसा भी आया जब देवता नाग यक्ष गंधर्व सब रावण के नाम से कांपते थे